तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन माई न्यू वीडियो सो गाइस आज हम लोग आए अहमद चिकन कॉर्नर सो so, गाइस आज हम आपको दिखाने वाले बहुत सारे चिकन के टिकास जो कि अवेलेबल होता है अहमद चिकन कॉर्नर पे सो गाइस बेसिकली सुभाष चौराहा पे है और गाइस ये सुभाष चौराहा की जो एक्सिस बैंक है उसी उसी वाली गली पे है सो गाइज यहाँ बहुत सारी प्लेटिंग होती है सो so गाइज ये प्रयागराज का नंबर वन चिकन टिक्का है और गाइज इसका आप साइज़ देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बहुत बेहतरीन रहता है इसका मतलब इसके जो मसाले के इंग्रेडिएंट रहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं सो गाइज हम लोग इसमें प्लेट कुछ अवेलेबल कराते हैं सो गाइज हम चिकन मलाई टिक्का लिया इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था मैंने खाया था भाई एक नंबर टेस्ट है ये और मैं इसकी लोकेशन दो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया सुभाष चौराह के एक्सिस बैंक वाली गली पे सो थैंक यू सब्सक्राइब